है, 40, 40, 50, 50, 50, है कि जो लसन हमने बोई थी चालीस चालीस पचास पचास साठ साठ बी की जो लहन बोई थी है तैयार नहीं है मैं हमारे मैन से बोलूंगा बहुत बढ़िया सुपर क्वालिटी की लहसन की, जो आज के बताओ अच्छी लगती है ये कोई खराब लसन नहीं है कि किसी किसान को लग रहा हो या किसी व्यापारी को लग रहा हो कि सरकार किसी अधिकारी को लग रहा हो ये लसन खराब है तो ये ऐसा नहीं है ये देख लो आप ये लसन खराब नहीं है और चीज तो की पूरी आइसर फेंक दी तो आज स्थिति यह है कि एक मोटरसाइकिल पाँच साल में उसकी कीमत डबल हो गई है आपको कपड़े की कीमत डबल हो गई है मोबाइल की कीमत डबल हो गई है डीजल पेट्रोल सभी कीमत लगभग डबल हो चुकी है, भी को है। आज भी गेहूँ 2000 रुपए रूपए क्विंटल में चाहिए लसन उनको आज भी 5 रुपए किलो चाहिए प्याज 5 रुपए किलो चाहिए आलू 5 रुपए किलो चाहिए तो या तो हमें किसानी छोड़ना पड़ेगी या तो हम मजदूरी करने मजदूर की आज देखो मजदूर की मजदूरी डबल हो गई है लेकिन किसान की स्थिति जिस की अगर के अगर नहीं होता तो ये है और उसकी स्थिति मानता हूं मैं कि किसान ने इस बार अच्छी कोई भी चाहता है कि मैं की करूं कि एक मात्र किसान ही कि एक ऐसा क्षेत्र है या परिक्षेत्र बोल सकते हैं जिसको जिसमें प्रोडक्शन बढ़ने की सजा मिलती है उत्पादन बढ़ने की सजा मिलती है शाबाशी नहीं मिलती है उत्पादन अगर बढ़ा है तो उसका हमे जब उगड़ना पड़ता है अगर कोई फैक्ट्री अगर उत्पादन ज्यादा करती है तो उसकी इनकम बढ़ती है लेकिन किसान अगर उत्पादन कोई ज्यादा करता है तो उसको उसका खामेजा मुखना पड़ता है आप देख सकते हो कि ये एक आयसर पूरी भर के नागदा जिला धार बतना तहसील का एक छोटा सा गांव है इसमें पूरी पूरी आयसर डंप कर दी गई है आप देख सकते हो किसान की स्थिति बहुत ही बुरी है अब इसमें कुछ बुद्धिजी बोलेंगे की ज्यादा बोधी ज्यादा बोधी तो ये ज्यादा बोना हमारा काम है पकाना और आपका काम है बेचना आप सिस्टम आपके सुपद कर रखा है सरकार आपके सुख कर रखी है इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द कोई कड़ा नियम कानून उठाए इसको निर्यात करें या चाहे कुछ भी करो इसके बम गोले बन बना लो पर लक्षण के किसान को बचाव आपसे निवेदन है